वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सिंभावली शुगर मिल की तरफ से गन्ने का भुगतान न होने की वजह से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरने पर भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि किसानों का पिछले साल का बकाया गन्ना भुगतान करीब 50 करोड़ और ब्याज बकाया है और इस साल का गन्ना भुगतान भी नहीं किया गया है कुल मिलाकर किसानों का मिल के ऊपर पांच करोड़ रुपए का बकाया है तो भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा के नेतृत्व में संगठन ने निर्णय तो लिया है कि सिम्भावली शुगर मिल पर पंडाल लगाकर किसान धरने पर बैठेंगे और जब तक सिंबावली शुगर मिल प्रबंधन किसानों का बकाया घन्ना भुगतान नहीं करेगा तब तक भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान शुगर मिल गेट पर ही बैठे रहेंगे इतना ही नहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिल की, आ, की जो मालिक हैं गुड़ सिमरन कौर की कोठी पर ताला भी जड़ दिया है तो बन गन्ना भुगतान को लेकर किसान आड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका साफ तौर पर आरोप है कि करीब 500 करोड़ रुपए उनके इस मिल पर बकाया है, सिबावली मिल को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये किसान लगातार जो है वो धरना दे रहे हैं इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो मिल की मालिकीन उनकी कोठी पर ताला जड़ने की खबर भी सामने आई है हापुड़ से ये खबर है आपकी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं आप जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता और पदाधिकारी जो हैं वो धरना दे रहे हैं पैदल मार्च कर रहे हैं और साफ तौर पर आक्रोश दिखाई दे रहा है इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं महिलाएं भी दिख रही हैं बुजुर्ग भी है युवा जोश भी है महिलाओं का भी साथ है और ये तस्वीरें बिहा दिया है महिलाएं भी बढ़ चढ़ के साथ किसानों के, के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विरोध प्रदर्शन अपनी भागीदारी दे रही है